तो आपका फिर से स्वागत है हमने अब तक जो देखा वह फ्लूड्स का बेसिक परिचय था हमने गिब्स फेज नियम देखा हमने फ्लूड्स के गुणों और पानी के गुण का महत्व देखा और मैंने स्टीम टेबल के बारे में कुछ कहा वहां से आगे बढ़ते हुए आइए हम इस लेक्चर की रूपरेखा देखें मैं फिर से स्टीम टेबल्स को विस्तार से देखूंगा स्टीम टेबल्स को कैसे देखते हैं फिर मैं आपका परिचय स्टीम टेबल के एक और स्टीम टेबल दो से कराऊंगा हम वो टेबल्स देखेंगे और फिर हम स्टीम टेबल ही देखेंगे ठीक है? अब हम जब स्टीम टेबल्स देखते हैं तो उस पुस्तक में तीन टेबल्स हैं टेबल क्रमांक एक टेबल क्रमांक दो और टेबल क्रमांक तीन टेबल क्रमांक एक और टेबल क्रमांक दो वास्तविक में केवल सेचुरेशन रेखा के बारे में है एलवी रेखा यानी लिक्विड वेपर सेचुरेशन रेखा दोनों में केवल यह अंतर है कि उनके तुलना के आधार अलग हैं। उदाहरणतः तो यहाँ आधार टेंपरेचर है और यहाँ आधार प्रेशर है और हम यह विस्तार पूर्वक देखेंगे इन आधारों से हमारा क्या अर्थ है जब टेबल क्रमांक तीन एक फेज रीजन से सरोकार रखती है तो सेचुरेशन रेखा दो फेजेस से सरोकार रखती है टेबल क्रमांक एक और टेबल क्रमांक दो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर वेपर और लिक्विड प्लस रीज़न से संबंधित हैं। तो टेबल क्रमांक एक और टेबल क्रमांक दो का संबंध एलवी सेचुरेशन रेखा यानी लिक्विड वेपर सेचुरेशन रेखा से है इसका अर्थ यह है की इसका संबंध लिक्विड वेपर सेचुरेशन रेखा से है टीपी से लेकर सीपी यानी ट्रिपल पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट तक और हमने इसके बारे में पहले चर्चा की है जबकि टेबल क्रमांक तीन एक फेज रीजन से संबंधित है और यह रीजन क्या है यह सब कूल्ड वाटर रीजन है जो कि एलवी रेखा की बाई ओर है और हमारे पास सुपरहीटेड रीजन है जो एलवी रेखा की दाई ओर है तो पहले दो टेबल का संबंध एल रेखा से है जबकि तीसरी टेबल का संबंध एक फेज रीजन से है अब यह सबकूल्ड रीजन या सुपरहीटेड रीजन या फिर सुपर क्रिटिकल रीजन ही हो सकता है ठीक है यह एक फेज रीजन है आइए अब स्टीम टेबल को ही देखें। आइए हम पहले स्टीम टेबल को देखते हैं और फिर हम इन स्लाइड्स को फिर से देखेंगे तो इसे हम स्टीम टेबल कहते हैं शीर्षक कहता है वाटर और वेपर के गुण थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर सब्सटेंस यदि मैं देखूँ यह इस कोर्स के लिए है खासकर इस कोर्स के लिए बनाया गया यह NIST आई एस स्टीम टेबल्स के आधार पर है यानी कोलोराडो के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ME209X ई टू खास IIT आई बॉम्बे के लिए बना है तो यह खास इस कोर्स के लिए बना है जो कि NIST वेबसाइट की NIST आई एस स्टीम टेबल्स के आधार पर है अगर मैं और नीचे देखूं, तो लिखा है IIT आई टी बॉम्बे अगस्त टू परिचय दिया हुआ है कि ये टेबले एनआईएसटी स्टीम टेबल से निर्माण की गई हैं लिंक भी यही कहता है डेटा यहां से लिया गया है और हमारे उपयोग हेतु परिवर्तित किया गया है कृपया स्टीम टेबल्स पर इन सारे परिचयात्मक टिप्पणियों को पढ़ें इनका नोमेनक्लेचर भी दिया गया है जो गुणों के डेटा हमें इन स्टीम टेबल से मिलती है वो भी यहां यूनिट्स के साथ दी गई है ठीक है तो इन स्टीम टेबल में विस्तार पूर्वक वर्णन दिया हुआ है अब जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा टेबल एक सेचुरेशन रेखा के बारे में है यह सैचुरेशन रेखा एलवी रेखा के बारे में वर्णन करती है इसका आधार टेंपरेचर है मैं इसी तरह आपको टेबल दो और टेबल तीन दिखाता हूँ और फिर हम लेक्चरों पर लौटेंगे यह टेबल दो है सेचुरेशन रेखा और यहाँ लिखा है बेस प्रेशर टेबल तीन वाटर सबकूल्ड स्टीम सुपर ही बस इतना ही इस टीम टेबल में यहां पर ये तीन टेबल्स हैं और हम देखने वाले हैं वेपर पानी लिक्विड लिक्विड प्लस वेपर इत्यादि के गुण अलग अलग प्रेशरों और टेम्परेचरों पर धन्यवाद